बारह खड़ी जी एच से घा जी एच ए से घा जी एच आई से घी जी एच डबल घी, जी एच यू से घू जी एच डबल ओ से घू जी एच इ से घे जी एच ए आई से घर जी एच ओ से घो जी एच ए यू ऐसी घाव जी एच ए घन G H A एच से घर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें।